दोस्तों ये बात है साल 2002 की जब ब्रिटेन में स्टेबलिश नाम का एक दूध वाला रोजाना की तरह लोगों के घर दूध पहुंचाने जा रहा होता है तभी वो रास्ते में देखता है कि एक दुकान में भय कर आग लगी हुई है वो तुरंत फायर डिपार्टमेंट को कॉल लगाकर आग के बारे में बताता है पर फायर डिपार्टमेंट को पहुँचने में काफी समय लगता है इसी दौरान काफी तेजी से आग बढ़ने लगती है जिसकी वजह ऐसी और भी दुकानें आग की चपेट में आ सकती थी आसपास पानी मौजूद नहीं होता है अब वो दूध अपने दूध के डिब्बों से ही आग बुझाना शुरू कर देता है और आप यकीन नहीं करोगे पर उस समय उस आदमी ने अपने एक लीटर दूध को आग को करने में छोट दिया 10 मिनटों के बाद जब पुलिस डिपार्टमेंट वहां पहुंचती है तो वहां देखती है दूध वाले ने अपने दूध से आठ दुकानों को जलने से बचा लिया स्टेव लीच को इस काम के लिए अवार्ड भी दिया गया और आज दुनिया उन्हें मिल्क मैन के नाम से जान रही है ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर